तो हे गाइस तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक होंगे तो वेलकम बैक टू तो माय अनदर ब्लॉग्स तो आज आपका भाई का पार्सल आ गया है तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं मैंने एक स्मार्ट वॉच मंगाया था तो अभी हम चलते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं तो गाइस अभी मेरे हाथ में एक स्मार्ट वॉच है तो अभी इनका अभी अनबॉक्सिंग करेंगे तो अभी अभी जस्ट आया है फ्लिपकार्ट तो अभी हम लोग तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी अनबॉक्सिंग तो देख सकते हैं है ये है स्मार्ट वॉच आप सब देख सकते हैं तो इसमें आपको ये मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्ट कॉलिंग मिल जाता है आपको आई पी सिक्सटी वा वाटर मिल सकता है ये सब मिल सकता है तो आप सब देख सकते हैं इसका लुक और तो तो We, ja nee af kan slechten ये है हमारा स्मार्ट वॉच ये देख सकते हैं इसको निकालते हैं पहले पहले सबको और ये मिल जाता है चार्जिंग चार्जर है ये अभी ऑन हो रहा है तो ये देखिए अभी ऑन हो चुका है तो अभी इसको तो ट्राई करते हैं ये गाना आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट तो गाइस अभी के लिए इतना ही तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वाच लग रहा है देखने में तो अभी के लिए इतना ही गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में